नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज जहाँ मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि की दिव्य मुक्ता पृष्टि के बारे में जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि की दिव्य मुक्ता पृष्टि के बारे में दोस्तों इस वीडियो में इस मुक्ता पृष्ठि के मैं आपको सभी फायदे और लाभ बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये जो चार मुक्ता पिष्टी है इसका फ्री गिव अवे लेके आया हूँ मतलब मैं आपको ये चार पैकेट फ्री में दे रहा हूँ तो इसको फ्री में लेने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब करना है बेल आइकोन दबाना है ओल नोटिफिकेशन को सेव करना है और अच्छा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये जो चार मुक्ता पिष्टी भस्म है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा दोस्तों इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करना है और अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर इसको लगाना है बस दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये मुक्ता पिष्टी भस्म चाहिए या आपको आपकी कोई बीमारी को लेके पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं फ़ोन पे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के आपकी जो भी बीमारी उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल कन्सल्टेसन भी दे दूंगा और आपको जो भी दवाई चाहिए ज़रूरी नहीं यही दवाई कोई भी दवाई चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं डिटेल में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देता हूँ देखिए मेरे पास में यहाँ पे मुक्ता पिष्टी भस्म है देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य मुक्ता पिष्टि ठीक है तो यहाँ पे दिव्य लिखा हुआ है तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए क्योंकि जो पतंजलि की दवाइयाँ आती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और जो पतंजलि के खाने पीने का सामान होता है वो एफ एम प्रोडक्ट जो होते हैं वो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड फार्मेसी में बनते हैं तो ये दवाई है इसलिए दिव्य फार्मेसी में बनी हुई है अब यहाँ पर लिखा हुई है आयुर्वेदिक मेडिसिन ठीक है मतलब ये आयुर्वेदिक दवाई है मुक्ता पिष्टी देखिए इसका नाम मुक्ता पिष्टी है और इसको मोती पिष्टी भी बोलते हैं ठीक है थीके? मुक्ता पिष्टी और मोती पिष्टी दोनों ही नाम से ये आती है मुक्ता का मतलब ही मोती होता है तो कभी आपको मोती पिष्टी मिले तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा मुक्ता पिष्टी और मोती पिष्टी एक ही चीज़ होती है इसके बाद में दोस्तों नीचे लिखा है डोज अज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ठीक है मतलब इसका जो डोज है वो किसी फिजिशियन के कंसल्टेशन लेके ही आप लेवे या किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके ही लेवे क्योंकि ये भस्म होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है ठीक है तो भस्मों को अकेले कभी भी नहीं लेना चाहिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं अगर आपकी कोई बीमारी है तो इसे में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं फोन लगा के आपको प्रॉपर इसका डोजेस बता दूंगा इंडिकेशन में इसमें लिखा है यूजफुल इन हाइपर एसिडिटी पिथ रोग आई डिजीज एक्सेट्रा मतलब बहुत ज़्यादा जिनको एसिडिटी होती है पित्त रोग है या फिर आँखों की प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत अच्छे से काम आती है हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं इस वीडियो में लगभग मैं 45 से 50 फायदे आपको इस मुख्ता पृष्टि भस्म के बताऊँगा तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लगातार आप देखते रहिए और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ दोस्तों इसके ऊपर ये होलोग्राम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ओरिजिनल की पहचान है मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं पतंजलि के तो आप ओरिजिनल देख के ही खरीदे या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं ओरिजिनल आपको कोरियर के द्वारा घर पे पहुंचा दूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि इसको एयरटाइट कंटेनर में आप रखिए सूखी और ठंडी जगह पर धूप से बचा के पीछे की साइड भी दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा है दीव्य मुक्ता बृष्टि और इसकी जो कीमत है वो पिचहत्तर रुपये की है दो ग्राम ठीक है ये दो ग्राम भस्म आती है आगे भी दो ग्राम लिखा हुआ है ठीक है दो ग्राम आती है ये ठीक है और ये पिचहत्तर रुपये की है बस इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो अब दोस्तों मैं इसके पहले मुक्ता पिष्टि जो भस्म है इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट सा एक डिटेल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मुक्ता आखिर में है क्या देखो ये जो असली मोती होते हैं जो समुद्र में असली जो मोती होते हैं उस असली मोती से बनी होती है और इसमें जो गुलाब जल होता है उसकी एक भावना दी जाती है उसको मिक्स किया जाता है इसके अंदर तो इससे क्या होता है ये जो मुक्ता पिष्टि है इसकी जो तासीर होती है जैसे बहुत सारे लोगों का मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि सर भस्में तो गर्म होती है आ, क्या हम इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते बहुत सारी चीज़ें रहती है तो मैं आपको बता दूँ कि जो मुक्ता पिष्टि जो भस्म होती है इसकी जो तासीर होती है काफ़ी ठंडी होती है तो जिन लोगों को गर्मी की किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है तो वो मुक्ता पिष्टि भस्म को आराम से ले सकते हैं दोस्तों इसमें जो अमीनो एसिड होता है और कैल्शियम होता है ये भरपूर मात्रा में होता है मतलब इसमें अमीनो एसिड कैल्शियम और आपके जो मिनरल्स होते हैं खनिज होते हैं खनिज लवण मिनरल्स अमीनो एसिड कैल्शियम है ना ये इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है ठीक है मतलब इसके जो आ, कहते हैं कि जो गुण हैं ठीक है उनमें हम कह सकते कि ये ओके कह सकते ये होती है ये एंटीफ्लेमेटरी होती है ठीक है एंटी होती है एंटी माइक्रोबियल होती है है ना एडापलोजी होती है एंटी हाइपर होती है एंटी स्ट्रेस होती है एंटी डिप्रेशन होती है मतलब ऐसे तमाम गुणों से ये भरपूर होती है मुक्ता पिष्टी भस्म तो ये तो दोस्तों मैंने लगभग आपको इसकी क्या खासियत है वो बताई अब दोस्तों मैं आपको इसके आ, आ, जो फायदे हैं वो बताता हूँ कि ये किन किन बीमारी में फ़ायदा करती है और आपको एक बात और बता दूं कि अगर इनमें से आपको कोई बीमारी देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है मैं जो भी बीमारी है वो आपको बताऊंगा इनमें से कोई भी बीमारी है या आप किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं या आप मुख्ता पिष्टि भस्म को भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको अकेले मत लीजिएगा इसको प्रॉपर डोज प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ लीजिएगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेंसी दूँगा आपकी बीमारी को समझेंगे कंसल्टेशन आपका एक घंटे दो घंटे तीन घंटे तक चलेगा ऐसा नहीं कि पांच मिनट में कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा पूरी बीमारी को समझ के पूरी तरीके से आपकी बीमारी को समझ के सारी रिपोर्ट्स देख के सब कुछ देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मुक्ता पिष्टि या फिर मोती पिष्टि आपको ज़रूरत भी है या नहीं है अगर ज़रूरत है तो इसके साथ कौन सी भस्म लेनी है कौन सी दवाई लेनी है सारी डिटेल जो मैं है आपको बताऊंगा ठीक है और अब दोस्तों मैं इसके फायदे बता रहा हूं और अगर कुछ समझ में नहीं आए या आप आपकी कोई ऐसी बीमारी हो जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर जरूर दे दूँगा देखिए ये जो मुक्ता पिष्टि भस्म है दोस्तों ये सभी प्रकार के मानसिक रोगों में काम आती है सभी प्रकार की मानसिक समस्या में काम आती है चाहे मानसिक समस्या कोई भी हो ओल्ड टाइप ऑफ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक है ओल्ड टाइप ऑफ मेंटल प्रॉब्लम सभी में ये काम आती है ठीक है इसके बाद में दोस्तों ये जो होती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अवसाद या डिप्रेशन होता है है ना तो अवसाद या डिप्रेशन कि जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत अच्छे से काम आती है जिन लोगों को मनोभ्रंश की समस्या है मनोभ्रंश में क्या होता है इंसान की बुद्धि मतलब ख़त्म ही हो जाती है ठीक है विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला जैसा काम होता है ना इंसान एकदम मतलब टोटली हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आउट ऑफ माइंड हो जाता है या हम सिंपल भाषा में बोले तो इंसान पागल हो जाता है ठीक है अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है तो ऐसे में भी ये फ़ायदा करती है जिन लोगों को कफ और पित्त की बहुत ज्यादा समस्या है तो ऐसे लोग अगर इसका सेवन करेंगे तो कफ और पित्त आपका जो है इससे दूर होता है दोस्तों ये शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है दोस्तों ये जिन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता होती है मतलब बेफिजूल की चिंता देखो एक चिंता होती है जो काम की होती है और एक चिंता होती है वो बेफिजूल की होती है तो जिन लोगों को बेफिजूल की चिंता होती है तो उसमें बहुत अच्छा काम आता है जिन लोगों को हमेशा बेचैनी होती है ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेचैनी होती है है ना हमेशा बेचैनी बनी रहती है तो ऐसे लोग भी इसका सेवन करते हैं तो बहुत इससे आपको फायदा देखने को मिलता है दोस्तों जिन लोगों के हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं जिन लोगों के हाथ पे ठंडे पड़ने से मतलब ये है कि नॉर्मली भी हाथ पैरों की जो ठंडक रहती है हाथ पैरों में और ठंडे पड़ने से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं झगड़ा कहीं दूसरी जगह हो रहा है और डर आपको लग रहा है ठीक है किसी ने जोर से बोल दिया और आपके हाथ पैर फूल गए हाथ पैर ठंडे हो गए एकदम से डर लगने लग गया ठीक है जो डर वाली स्थिति होती है जो काँपने वाली स्थिति होती है समझ रहे हैं जैसे जिसको प्रॉब्लम होगी वो अच्छे से समझ रहा होगा कि जिसको मान लीजिए कहीं पर जोर से अगर बम भी फटा ठीक है या फिर कोई तेज़ी से गाड़ी निकल गई या फिर कोई सामान एकदम गिर गया या एकदम कोई बोल दिया तो इंसान को बहुत भयंकर डर लग जाता है उसको लगता है कि हमें ही बोलाएं तो ऐसी भी अगर आपकी स्थिति है तो उसमें भी ये आपको बहुत अच्छा काम आता है जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है पाचन शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है खाने की हजम करने की क्षमता को बढ़ाता है एसिडिटी अगर आपको बहुत ज्यादा बनती है ठीक है कितनी भी साल पुरानी एसिडिटी है तो एसिडिटी में बहुत अच्छा काम आता है जिन लोगों को चिड़चिड़ापन है चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो या किसी भी वजह से अगर चिड़चिड़ापन है तो चिड़चिड़ेपन में भी आपको बहुत अच्छा फायदा करता है जिन लोगों को कब्ज रहता है मतलब कॉन्स्टिपेशन देता है ठीक है तो कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा भी है या थोड़ी भी है तो दोनों में ही आपको बहुत अच्छा फायदा करता है जिन लोगों को पाइल्स हो गया है फिस्टूला हो गया है बवासीर, बगंदर हो गया चाहे खूनी पाइल्स हो या बादी वाला पाइल्स हो ठीक है दोनों जिसको मस्सा भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो उसमें यह बहुत अच्छा जो है काम आता है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या खुल के भूख नहीं लगती है तो ये भूख बढ़ाता है भूख को खुल के लगाने में मदद करता है भूख बहुत अच्छी बढ़ा देता है दोस्तों अगर आप इसको जनरली भी लेते हैं तो ये आपके शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करता है या पोषक तत्व आपके शरीर को इससे मिलते हैं दोस्तों ये दिल और दिल से संबंधित सभी रोगों में बहुत अच्छा फायदेमंद है दिल का कैसा भी रोग होगा उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं ये दिल को मजबूत बनाता है जिनका दिल कमज़ोर है ना उनका दिल मजबूत बनाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ जिनका दिल प्यार मोहब्बत के मामले में कमजोर है तो प्यार मोहब्बत के मामले वाला मजबूत नहीं बनाता है ये अगर शारीरिक दिल कमजोर है तो उसको मजबूत बनाता है ठीक है इस विषय में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा मन को शांत करता है दोस्तों ये जिन लोगों का मन अशांत रहता है उनके मन को शांत करता है दिल की धड़कन दोस्तों उसको कंट्रोल करता है बहुत सारे पेशेंट मेरे पास में ऐसे आते हैं बोलते है, सर हमारा दिल जो है ना धक धक धक धक धक धक धक ऐसे धड़कते रहता है ठीक है मतलब तेजी से धड़कता है और कुछ पेशेंट ऐसे बोलते सर हमारा दिल बहुत धीरे धड़कता है धक धक धक इस टाइप से धड़कता है तो दिल की अगर धड़कन में कुछ कम या ज़्यादा है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है ठीक है मांसपेशियों को मजबूत करता है देखिए जिन लोगों की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है ना जिन लोगों की मांसपेशिया कमजोर से मतलब ये है कि शरीर भी है लेकिन ताकत नहीं है मांसपेशियां इतनी कमज़ोर है कि आपसे ना तो वजन उठता है और ना ही आप अपने शरीर का भार संभाल पाते ना शरीर का लोड संभाल पाते हैं तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत अच्छा जो है फायदा करता है जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रोल को ये कंट्रोल करता है दोस्तों ये लिपिड संचय को भी रोकने में बहुत अच्छा काम करता है जिससे और दिल के ब्लॉकेज दिल का दौरा इन सब को भी कम करता है जिन लोगों को ब्लड की क्लोटिंग होती है यानी रक्त के थक्के जम जाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों का बीपी बहुत ज्यादा हाई देता है या बहुत ज्यादा कम होता है तो बीपी को भी कंट्रोल करता है ये ठीक है जो हार्ट होता है मतलब हृदय मतलब हृदय के कार्य में सुधार करता है ये और उससे क्या होता है आपके कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति को बढ़ाता है मतलब जो आपका दिल होता है उसको रिपेयर कर देता है कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो उसको सही कर देता है तो उससे आपके जो कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति होती है ना उसको बढ़ाता है अब चमड़ी के जो छेद होते हैं उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है जिसको रोम छिद बोलते हैं जो हमारी चमड़ी में छेद होते हैं ना छे उसको ये पूरा ठीक करता है कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये बॉडी से टॉक्सीन्स को, को बाहर निकालता है बॉडी से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देता है बहुत सारे लोगों को दात खाज खुजली एक्जिमा, कील मुआ से इस टाइप के बहुत सारे चर्म रोग होते हैं तो सभी प्रकार के दात खाज खुजली एग्जिमा कील मुहा चर्म रोग कैसा भी हो तो उसमें बहुत अच्छे से ये आपको फायदा करता है जिन लोगों की जो स्किन है स्किन में ग्लो नहीं है चमक नहीं है ठीक तो है तो स्किन के ग्लो को बढ़ाता है स्किन की जो चमक होती है चमक को बढ़ाता है बहुत से लोग क्या है कि अच्छे भी हैं गोरे भी हैं काले भी लेकिन एक चेहरे पे जो शाइनिंग होनी चाहिए जो चमक होनी चाहिए जो ग्लो होना चाहिए जैसे मेरे चेहरे पर है ना आपने वीडियो में देखा होगा ठीक है तो ऐसे ग्लो होना चाहिए देखो इंसान कैसा भी हो लेकिन चेहरे पर ग्लो होना चाहिए ठीक है तो वो जो ग्लो है वो ये आपको देता है जिन लोगों को अनिद्रा होती है अनिद्रा का मतलब ये होता है कि जिनको नींद नहीं आती है या नींद आने के बाद में खुल जाती है इसके बाद दोबारा नींद नहीं आती है ठीक है मतलब नींद में किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ हो तो उसमें यह आपको बहुत अच्छा फायदा करता है जिन लोगों को हमेशा थकान देती है सुस्ती रहती है आलस होता है आलसी लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये जिन लोगों को जल्दी काम कुछ नहीं करेंगे लेकिन फिर भी थकावट हो जाती है सुस्ती रहती है आलस रहता है बेचैनी रहती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई दोस्तों हड्डियों को बहुत अच्छा मजबूत करता है चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही तो हाइट बढ़ाने में भी ये आपको काम करता है इसके बाद में दोस्तों जो जिन महिलाएं वो पुरुष ऐसे हैं जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है ठीक है तो ये लेडीज और जेंट्स महिला और पुरुष लड़के और लड़की दोनों के हार्मोन्स की प्रॉब्लम को खत्म करता है ओल टाइप्स ऑफ हारमोन प्रॉब्लम हार्मोन्स प्रॉब्लम ठीक है ये लड़के और लड़कियों के प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है मतलब लड़के के पेनिस की मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम पेनिस की प्रॉब्लम कुछ भी होगी उसमें बहुत अच्छा काम करता है जो फीमेल है उसकी जो वजाइना है वजाइनल प्रॉब्लम कुछ भी होगी वजाइनल इन्फेक्शन भी होगा एनी टाइप ऑफ वजाइनल प्रॉब्लम सभी में बहुत अच्छा काम करता है ये आपके मैंस्ट्रल साइकल यानी मासिक धर्मों को नियंत्रित करता है ठीक है बैलेंस रखता है ये आपके ओवोल्यूशन को ठीक करता है जिन लेडीजों का ओवोल्यूशन ठीक नहीं है ना उस ओवल्यूशन को ठीक करता है जिन लेडीजों को जिन लड़कियों को मैस्ट्रल साइकिल के टाइम पे दर्द होता है पेन होता है ठीक है उस पेन को ये ख़त्म करता है जिसको बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होती है मैस्ट्रल साइकिल में तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग में भी आपको बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों को ब्लड प्योरीफायर करना प्योरीफाई करना है या जो लोग ऐसे जो ब्लड प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये मुक्ता भस्म है आपके ब्लड को करती है जिन लोगों को पीसीओडी पीसीओएस ऐसी कोई समस्या है तो दोनों ही पीसीओडी और पीसीओएस में ये बहुत अच्छा काम करता है ये आपके यूटेरस को दोस्तों मजबूत बनाता है ठीक है आपका जो गर्भाशय होता है यूटरिस जो होता है उसको मजबूत बनाता है तो इससे क्या होगा जिन लोगों को प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम है तो प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं जो भी बीमारी यहाँ पे बता रहा हूँ इसके लिए अकेले इसको नहीं लेना है इसको प्रॉपर डोजेस के साथ में लेते हैं तो ही फायदा करेगी इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ठीक है जिन पुरुषों को या जिन लड़के को प्री मेचर हो जाता है ठीक है अर्ली डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं ठीक है शीघ्र पतन जिसको बोलते हैं जिनका जो में बहुत जल्दी आउट हो जाता है तो ऐसे पुरुषों के लिए ऐसे लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें मुक्ता पृष्टि काम करती है जिन लोगों को इरेक्टाइल डिफंक्शन है मतलब जो तनाव है पेनिस में तनाव नहीं आता है इरेक्टाइल डिफंक्शन है इरेक्शन प्रॉब्लम है इरेक्शन नहीं आता है उसमें ही आपको बहुत अच्छा काम करती है जिनको कोजू जिन लड़कों को जिन पुरुषों को अजू स्पर्मिया है जिस वजह से वो प्रेगनेंसी कंस्यू नहीं करवा पा रहे हैं तो अजू स्पर्मिया में भी ये मुख्ता पृष्टिवश में बहुत अच्छे से काम आती है जिन लोगों का जो सेक्स टाइमिंग है वो कम है तो सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छा जो है काम आती है ये महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की इनफर्टिलिटी को ठीक करता है ठीक है मतलब बांझपन को या नपुसकता को खत्म करता है ठीक है ये आपके सभी प्रकार की जो लीवर प्रॉब्लम्स होती है लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है तो लीवर प्रॉब्लम्स में यह बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों दोस्तों इसके इतने फायदे हैं इतने फायदे हैं कि मैं इस वीडियो में अगर सब बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें वीडियो को लंबा नहीं करना है ठीक है लेकिन फिर भी अगर मैं इतने ही आपको इसमें फायदे बताता हूँ और एक बात मैं फिर से बोल रहा कि ये मैंने आपको जितनी भी समस्या बताई है अगर इसमें से आपको कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ एक बार कंसल्टेशन ले लीजिएगा जी मतलब ये व्हाट्सएप नंबर दिए इसी लिए दिया है मैंने कि आप मेरा कंसल्टेशन ले लो आप प्रॉपर तरीके से इलाज करो वो ज़्यादा अच्छा है मैंने जितनी बीमारी बताई है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मुख्ता पिष्टी भस्म की ज़रूरत पड़े ही और अगर पड़ती है तो कितने ग्राम की लगेगी आपको दो ग्राम चाहिए एक ग्राम चाहिए आधा ग्राम चाहिए चार ग्राम चाहिए ठीक है तीन ग्राम चाहिए कितना चाहिए वो भी डिपेंड करता है ठीक है तो इसके लिए आप मेरा कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं भस्मों को इस पर भी लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन भस्मों को अपने मन से नहीं लेना चाहिए ये दवाई है गलत तरीके से या फिर बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होने पे अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारी बॉडी पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट जो है करती है तो इसीलिए दोस्तों बड़ा सोच समझ के ही आपको इसका प्रयोग करना है अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप इस नंबर पे मुझे जब व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेसन भी प्रोवाइड करवा दूंगा तो दोस्तों ऐसे मुख्ता पिष्टी के मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं अगर इसमें आपकी सी कोई बीमारी है जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए मैं स्पेशल आप लोगों के लिए आपकी बीमारी के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा ठीक है और इसके बाद में अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए चाहे मुक्ता पिष्टी चाहिए या पतंजलि की कोई दूसरी दवाई चाहिए या कोई भी आयुर्वेदिक अगर आपको दवाई चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाय कोर आपके घर तक आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको पहुंचा दूंगा तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपने हमारे इस फ्री गीवअे में भी पार्टिसिपेट कर लिया होगा दोस्तों पार्टिसिपेट कर लो देखो इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है तो इस वीडियो का जो लाभ है वो भी आप ले ही लो आपको ये जो चार पैकेट बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं तो इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है मुझे क्या व्हाट्सअप करना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लो पास में जो बेल आइकोन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दो ठीक है वीडियो को लाइक कर दो लाइक का बटन है इसके बाद में वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अच्छा सा कमेंट कर दो इसके बाद में दोस्तों इसका स्क्रीन लेके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो और इस वीडियो को अपने हमेशा की तरह व्हाट्सअप और फेसबुक पर स्टेटस पे और दोस्तों को शेयर कर दो बस अगर आप ये कर देते हो तो मैं आपको ये जो मुक्ता पृष्टी भस्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा तो उम्मीद करता हूँ दो दोस्तों आज का वीडियो को बहुत अच्छा लगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियोस ऑफ आर आर आर रवि एंड डोंट फॉरकोड तो टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में थैंक यू वेरी मच थैंक यू अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात